सिंगरौली में विधि विधान के साथ कई जगह भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और भंडारों का आयोजन किया गया इन पूजा कार्यक्रमों में निर्माण और खनन से जुड़े लोगों ने भाग लिया सिंगरौली में दूधी परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही कंपनी के कैंप में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया पूजा अर्चना की गई साथ ही भंडारे का आयोजन भी हुआ कंपनी के निर्देशक विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रोजेक्ट मैनेजर विजय भान सिंह ने दूधीचुआ के कैंप में पूजा अर्चना की भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई झिंग दहा परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर रंजीत सिंह ने की जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया जहाँ कंपनी के कर्मियों सहित एनसीएल के अधिकारी गण ट्रेड यूनियन के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक साथ स्थानीय नागरिकों के साथ साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया वेंज इज दर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरी रिजल्ट एंड डिलीवरिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन दर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन